Alpha Education. असलम स्टूडेंट्स वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल एल्फर एजुकेशन उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर के सोनिट नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन को जिसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ़ ट्रू माइंडस स्टूडेंट्स हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में हम इस पोइम की या फिर इस सोनेट की लाइन बाई लाइन समरी इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस और साथ ही साथ इसकी थीम्स को डिस्कस करेंगे यह लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू अल्फा एजुकेशन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ जुड़े रहिए बहुत ही ध्यान से सुनिए मैं चाहता हूँ कि इस एक लेक्चर के थ्रू आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए सोनेट 116 के हवाले से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक सोनेट जिसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स तो सोनेट की इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट लेते हैं कि यह सोनेट कब लिखा गया और यह सोनेट क्यों लिखा गया और उसके पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है सो इट वॉज पब्लिश इन सिक्सटीन एज पार्ट ऑफ शेक्सपियर कलेक्शन ऑफ सोनेट्स जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाएँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसमें हमने सोनेट नंबर 18 को डिस्कस किया है तो वहाँ पे मैंने बताया था कि शेक्सपियर ने टोटल 154 हंड्रेड लिखे हैं वहाँ पे मैंने पोइट का इंट्रोडक्शन भी शेयर किया है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर भी ज़रूर देखी तो ये सोनेट जो कि सोनेट नंबर 116 है ये पब्लिश हुआ 1609 में और ये एक कलेक्शन का पार्ट था जो कि शेक्सपियर का कलेक्शन है सोनेट्स का सोनेट 116 इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स दे डील विद द थीम ऑफ लव पार्टिकुलरली स्पीकर्स लव फॉर एन अननेम्ड यंग मैन अब ये जो सोनेट है ये उस सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स का पार्ट है जिसमें थीम ऑफ लव को डिस्कस किया गया है और यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो जो पोइट है जो शेक्सपियर है उन्होंने ये सोनेट अपने एक अननेम्ड यंग मैन के लव में लिखा जिसका नाम ज़्यादातर बताया जाता है कि उनका नाम था मिस्टर डब्ल्यू एच उन्होंने शेक्सपियर ने यह सोनेट्स उनके प्यार में या फिर उनके लव में ये सोनेट लिखा है The historical context of sonnet 116. हंड्रेड सिक्सटीन अब ये सोनेट क्यों लिखा गया इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न या फिर अगर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स को देखा जाए तो वो ये है कि उस टाइम पर जो एलिजन एरा था मतलब जो शेक्सपियर का दौर था और जो एलिजन एज थी वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्या था कि मैरिज को एज आ बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी मैरिज को एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं समझाया जाता था बल्कि इसको भी एक कारोबारी लेन देन की तरह शादी को समझा जाता था मतलब अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से शादी कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ एक मैरिज के रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो इसको एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक बिज़नेस मैटर समझा जाता था कि ये एक कारोबारी लेन देन हो रही है लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया कि इस नौशन को इस रिवायत को उन्होंने चैलेंज किया अपने इस सोनेट के थ्रू और इस सोनेट में शेक्सपियर ने लव का एक असल मतलब बताया और उन्होंने बताया कि असल में लव किसे कहते हैं तो ये सोनेट उस नोशन के अगेंस्ट आया कि शेक्सपियर ने कोशिश की कि वो लोगों को समझा सके कि असल में शादी होना किसी दो लोगों का आपस में रहना और उनका शादी करना ये एक कारोबारी लेन देन नहीं है ये फिर एक बिजनेस मैटर नहीं है बल्कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो ये थी एक इंट्रोडक्शन इस सोनेट के हवाले से कि जो सोनेट 116 हंड्रेड लिखी गई इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट क्या थी और ये कब पब्लिश हुई चलिए अब हम चलते हैं अपनी सोनेट की तरफ तो सोनेट 116 जिसका टाइटल है लेट मी नाट टू द मैरिज ऑफ़ ट्रू माइंडस स्टार्ट करते हैं सोनेट की हम लाइन बाय लाइन समरी यहाँ पे देखेंगे और उसको साथ साथ एनालाइज भी करेंगे सबसे पहली लाइन है लेट मी नाट टू द मैरिज ऑफ़ ट्रू माइंडस एडमिट इम्पेडिमेंट्स यहाँ पे शेक्सपियर स्टार्ट के ही लाइंस में ये बात बताना चाह रहा है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ़ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स शेक्सपियर कह रहे हैं कि अगर दो लोग जो कि आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो दो लोग जो कि एक दूसरे से मुहब्बत करते हैं एंड दे आर इन लव विद ईच अदर तो इनके बीच में कोई भी ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए ना ही कोई ऐसी ओबस्टेकल्स होनी चाहिए जो कि इन दोनों को दूर करें शेक्सपियर ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती या फिर शेक्सपियर कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो प्यार करने वाले कभी साथ ना रहें और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी रुकावट एडमिट इम्पेडिमेंट्स यानी वो कह रहे हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंडस कि मुझे इस चीज़ पे एग्री नहीं है कि दो प्यार करने वाले साथ में नहीं रह सकते और उसके साथ साथ एडमिटम्पेडिमेंट्स के ना ही कोई मुझे लाइक इस बात से एग्री करना है कि उनके बीच में कोई रुकावटें हैं कोई मुश्किलें हैं कोई ऑबस्टेकल उनके रास्ते में आ रही हैं शेक्सपियर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए ना ही ऐसा कुछ है कि दो प्यार करने वाले कुछ हालात की वजह से कुछ रुकावटों की वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से एक दूसरे के साथ न रहे अब इससे आगे शेक्सपियर लव को डिफ़ाइन करेगा कि लव असल में क्या नहीं है और क्या है नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं लव इज़ नॉट लव विच अल्टर व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव अब यहाँ पे शेक्सपियर लव को डिफ़ाइन कर रहा है लेकिन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि लव असल में क्या नहीं है शेक्सपियर दूसरी लाइन में कह रहा है लव इज़ नॉट लव कि प्यार वो प्यार नहीं होता यानी हम उस चीज़ को प्यार नहीं कह सकते किस चीज़ को विच ऑल्टर्स जो कि चेंज हो जाए वेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स यानी मतलब ये कि उस चीज़ को हम कभी भी लव नहीं कह सकते जो कि चेंजेस आने के साथ चेंज हो जाए अब चेंजेस का मतलब क्या शेक्सपियर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स। अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं या फिर मुश्किलें आ गई या फिर ऐसा कुछ हो गया कि हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ा शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे हैं कि हालात जैसे भी हों चाहे क़्यामत ही क्यों ना आ जाए चाहे दुनिया पलट ही क्यों ना जाए लव कभी भी चेंज नहीं होता ये चेंजेस दुनियावी लिहाज से भी हो सकती हैं कि हम कह रहे हैं कि हालात में चेंजेस आ गई या फिर ये अपने लवर में भी चेंजेस हो सकती हैं आपने अक्सर देखा होगा कि एक लवर दूसरे लवर से कहता है कि मैं अब तुमसे उतना प्यार नहीं करता जितना पहले करता था क्योंकि तुम चेंज हो गए हो तो शेक्सपियर ये कह रहे हैं कि बेशक जितनी भी चेंजेज़ आए बेशक आपके लवर में चेंजेज़ आए या फिर बाहर दुनिया में चेंजेज़ आ जाए प्यार कभी भी नहीं बदलता अगर वो बदल जाए वो वक्त के साथ बदल जाए वो हालात के साथ बदल जाए या फिर वो आपके लवर की में चेंजेस आने की वजह से वो लव चेंज हो जाए तो इसको हम कभी भी लव नहीं कहेंगे यानी शेक्सपियर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लव नहीं होता जो कि चेंजेस की वजह से चेंज हो जाए और बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव या फिर वो ख़त्म हो जाए किसी के ख़त्म करने से यानी अगर कोई चाहे कि मैं अपने और अपने लवर के बीच में ये प्यार खत्म करना चाह रहा हूँ और वो इस चीज़ को ख़त्म कर दे तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कभी लव था ही नहीं तो शेक्सपियर ये बात यहाँ पे लव को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि असल में लव क्या नहीं है यानी वो चीज़ अगर वो प्यार जो कि चेंज हो जाए वक्त के साथ उसको हम प्यार नहीं कह सकते या फिर अगर कोई इसको बैंड करे या फिर रिमूवर के साथ रिमूव कर दे यानी अगर कोई इसको ख़त्म करना चाहे और वो खत्म हो जाए तो उसको हम प्यार नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि प्यार कभी भी खत्म या फिर चेंज नहीं होता नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं ओ नो इट इज एन एवर फिक्स लुक्स ऑन टेम्पस्ट एंड इट इज द स्टार टू एवरी वार्क वर्ड अनोन ऑल दोन अब यहां पे शेक्सपियर लव को डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ लव असल में क्या है शेक्सपियर कह रहे हैं, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्सड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पस्ट एंड इज़ नेवर शेकन शेक्सपियर कह रहे हैं कि ओ oh, नो no. अब यहाँ पे शेक्सपियर लव को डिफाइन कर रहे हैं कि लव असल में क्या है शेक्सपियर कह रहे हैं इट्स एन एवर फिक्सड मार्क ये एक एवर फिक्सड मार्क है ये ना कभी तब्दील होगा ना ही कभी चेंज होगा ना ही कभी ख़त्म होगा एवर फिक्सड मार्क का मतलब कि लव जो है वो हमेशा बाकी रहने वाला है कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है ना ही चेंज होने वाला है दैट दैट लुक्स ऑन एंड इज़ नेवर शेकन शेक्सपियर कह रहे हैं कि बेशक तूफान आ जाए बेशक तबाही आ जाए ये अगर सच में प्यार है तो वो इन तूफानों से इन तबाहियों से वो बिल्कुल हिलेगा भी नहीं यानी उसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं आएगी वो अनचेंज और स्टेड फास्ट रहेगी उसके बाद शेक्सपियर कह रहे हैं कि एट इज़ अ स्टार्ट टू एवरी वनडरिंग बार्क हु नोन ऑल दो हेज़ हाइट भी शेक्सपियर यहाँ पे लव को कंपेयर कर रहा है स्टार के साथ और इसी तरह सन के साथ यानी शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्यार होता है ये हमेशा इंसान को गाइड करता है न कि बीच रास्ते में छोड़ देता है शेक्सपियर कह रहे हैं कि लव जो है इट इज़ अ स्टार ये एक स्टार है टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क जैसे एक सूरज या फिर एक स्टार एक समंदर में एक कोई हुई कश्तियों को राह दिखलाती है इसी तरह प्यार भी दो लवर्स को राह दिखलाती है उनको लाइफ में गाइड करती है ऑल दो हिज हाइट भी टेकन के लव क्या है लव की जो वर्थ है वो अन है यानी इसकी कीमत को कोई जान नहीं सकता ऑल दो हिज हाइट भी टेकन लेकिन हम उसको मैयर कर सकते हैं मैर करने का मतलब क्या कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है या फिर मोहब्बत करता है तो लव को मैयर करने का मतलब ये कि जो हमारे एक्शंस है जो हमारा उठना बैठना है और जितने भी हमारे बातें हैं इनसे हम प्यार का अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन उसके वर्थ को कोई भी आज तक जान नहीं सकता तो नेक्स्ट इस क्वार्ट्रेन में शेक्सपियर ने क्या किया कि लव को डिफ़ाइन किया कि एक एवर फिक्स मार्क है और उसके साथ साथ इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता बेशक तूफ़ान आ जाए या फिर तबाही आ जाए और सेवन लाइन में शेक्सपियर उसको कंपेयर कर रहा है स्टार के साथ चूँकि अक्सर पोलर स्टार या फिर नॉर्थ स्टार को कहा जाता है कि ये हमेशा शिप्स को गाइड करती हैं वो शिप्स जो कि समंदर में खो जाती हैं जिनका रास्ते का पता नहीं चलता तो फिर वो स्टार्स के थ्रू अपना रास्ता देखती हैं तो इसी तरह शेक्सपियर यहाँ पे कंपेयर करें लव को इस स्टार के साथ जो कि एक बटकी हुई शिप्स को रास्ता दिखाती है शेक्सपियर कह रहे हैं कि लव भी दो लवर्स को राह दिखलाती है उनको गाइड करती है और उसके बाद उसकी वैल्यू की बात की कि उसका वर्थ अन है लेकिन उसकी Uh, जो हाइट है उसको हम टेकन कर सकते हैं मतलब उसको हम मैयर कर सकते हैं एक तरह से लव्स नोट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज ब्लैंडिंग सिकल्स कम पास खम लव ऑल्टर नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम अब यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं कि प्यार जो है वो क्या नहीं है पहले भी उन्होंने फर्स्ट uh, अगर देखा जाए यहाँ पे तो शेक्सपियर ने यहाँ भी कहा कि लव इज़ नॉट लव यहाँ भी उन्होंने कहा कि लव क्या नहीं है फिर उन्होंने लव को डिफ़ाइन किया और फिर से कह रहे हैं कि लव नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज ब्लैंडिंग सिकल्स कम पास कम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जैसे वक्त हर एक चीज़ को तबाह कर देती है वक्त का मतलब क्या कि डेथ हमेशा वक्त को एक ऐसा समझा जाता है कि यह हर एक चीज़ की फ़िज़िकल ब्यूटी को ख़त्म कर देती है लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो प्यार है इसके साथ अगर वक्त को कंपेयर किया जाए तो वक्त प्यार पे लव पे भारी नहीं हो सकता क्योंकि लव जो है ये हमेशा बाकी रहने वाला है टाइम हर एक चीज़ को डिके तो कर सकती है टाइम एक आ, हर एक ख़ूबसूरत चीज़ की ज़ाहरी खूबसूरती फ़िज़िकल ब्यूटी को तो ख़त्म कर सकती हैं लेकिन जो लव है ये टाइम के इस शेड में नहीं आता ये टाइम के इस डिस्ट्रक्शन में नहीं आता और ये उससे भी ऊपर है यानी प्यारे एक ऐसी चीज़ है जिसको वक्त भी ख़त्म नहीं कर सकती दो रोज़ी लिप्स इन चीक्स विद इन हिज ब्लैंड सिकल्स कम कम शेक्सपियर यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी रोज़ी लिप्स चीक्स ये चीज़ें वक्त इनको तो ख़त्म कर सकती हैं तुम्हारी फ़िज़िकल अपेयरेंस फिज़िकल ब्यूटी को तो ख़त्म कर सकती हैं लेकिन जो प्यार बाकी रहेगा उसको टाइम कुछ भी नहीं कर सकता लव ऑल्टर्स नॉट विध हिज़ ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स कि लव कभी भी नहीं बदलते यानी ये कुछ घंटों के बाद कुछ हफ्तों के बाद चेंज नहीं होता यानी वक्त ऐसा नहीं है कि पहले आ, कुछ अरसे में प्यार रहे और बाद मतलब कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ हफ्ते गुजरने के बाद कुछ घंटे गुजरने के बाद प्यार ख़त्म हो जाए शेक्सपियर कह रहे कि नहीं वक्त गुज़रने के साथ प्यार ख़त्म नहीं होता ना ही बदलता है बट बियर्स इट आउट इवेंट टू द एज ऑफ लेकिन शेक्सपियर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्यार तो ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल तुम्हारे साथ आखिर तक चलती है जब बिल्कुल दुनिया तबाही की आ, किनारे पे होगी यानी जब सब कुछ बिल्कुल तबाह हो जाएगा और हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब तक हमारा प्यार बाकी रहेगा या फिर तब तक ये लव जो है वो बाकी रहेगा इसको कुछ भी नहीं होगा यानी वक्त हमारे प्यार को ख़त्म नहीं कर सकता और ये बिल्कुल आखिरी ऑफ डोम यानी बिल्कुल जब सब कुछ तबाह होने के करीब होगा बिल्कुल आखिरी हद होगी दुनिया की तो तब तक हमारा प्यार बाकी रहेगा अब स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट 12 लाइन जिसमें शेक्सपियर ने लव के कंसेप्ट को एक ट्रू लव को डिफ़ाइन किया है कि असल में लव क्या है अब जो आखिरी दो लाइन है इसमें शेक्सपियर अपने आइडिया को कंक्लूड करेगा पढ़ते हैं अपने लास्ट के टू लाइन्स इफ़ दिस बी एरर एन अ मी प्रूवड I never writ nor no man ever loved। शेक्सपियर यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जितनी बातें मैंने कही if this be error यानी जो इतनी बातें मैंने कही अगर ये बातें मुझ पर गलत साबित हो अगर कोई कहे कि ये सब कुछ जो मैंने कहा यह गलत है I never writ रेट का मतलब ये वैसे पूरा लफ्ज होता है राइट लेकिन पोचट्री में जब लिखते हैं तो वो अक्सर एक, एक सिंगल लेटर को अमेट कर देते हैं आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव्ड शेक्सपियर कह रहे कि ये जितनी बातें मैंने कही अगर कोई मुझ पे ये साबित कर दे कि ये मैंने गलत कही हैं तो आज तक मैंने ना कुछ लिखा है ना ही मैं अपने आप को पोइट कहलाऊँगा और अगर ये बातें जो मैंने कही लव के हवाले से अगर ये गलत है तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि फिर आज तक किसी ने प्यार किया ही नहीं है और ना ही आज तक कोई प्यार कर चुका है असल में शेक्सपियर का मतलब यह है कि वो इस बात के साथ इतना यकीन दहानी के साथ अपनी ये बात बता रहे हैं कि ये जो मैंने बातें कही हैं ये बिल्कुल ठीक हैं अगर ये बातें गलत हैं तो आज तक किसी ने किसी को प्यार किया ही नहीं है अगर इसके अलावा कोई प्यार को प्यार कहता है या फिर ये जो बातें मैंने प्यार के हवाले से कही अगर ये गलत है तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि प्यार एग्ज़्ट ही नहीं करता लव एग्ज़स्ट ही नहीं करता और शेक्सपियर कह रहे हैं अगर मेरी ये बातें गलत हैं तो मैंने आज तक कुछ नहीं लिखा कहने का मतलब ये कि मैं अपनी सारी बातें वापस ले लूँगा मैं कभी भी अपने आप को पोइट नहीं कहलाऊंगा और मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैंने पोइट्री की है या फिर मैंने कुछ लिखा है तो आखिरी दो लाइंस में शेक्सपियर यही कह रहे हैं कि ये जो मैंने जितनी ऊपर बातें कही मतलब ये जो मैंने जितना भी सोनेट लिखा है अगर ये सारी बातें गलत हो और कोई मुझ पर यह बातें प्रूव कर सके कि मैंने गलत कही हैं तो मैंने आज तक ना कुछ लिखा है ना कुछ एग्जिस्ट करता है और आज तक किसी भी इंसान ने किसी को प्यार नहीं किया स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने हर एक लाइन के एंड पे एक लेटर लिखा है चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखे असल में इसको कहते हैं राइम स्कीम आपने देखा होगा कि लाइन नंबर वन और लाइन नंबर थ्री के एंडिंग जो राइम है जो एंडिंग साउंड है वो सेम है अगर देखा जाए ट्रू माइंड फाइंड लव मूव मार्क बार्क शैखन ठेखन छीक्स वीक्स खम Doom proved loved तो इसको कहते हैं rhyme scheme और ये end rhyme scheme है और आपको मैंने एक lecture में जिस जो बिल्कुल एक introduction to classical poetry था अगर वो lecture आपने नहीं देखा तो वो भी जाके ज़रूर देखिए उसमें मैंने आपको कहा था कि जो classical poetry होती है इसकी एक specific rhyme scheme होती है specific rhyme scheme आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड लास्ट में एक राइमिंग कपलेट राइमिंग कपलेट उस कपलेट को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं यानी दोनों जो वर्सज़ होते हैं दोनों जो लाइंस होती हैं उसकी आखिरी वाली साउंड सेम हो तो ये जो पूरी मैंने इसके आखिर में लेटर्स लिखे हैं ये इस सोनेट की राम स्कीम है और इस सोनेट की रामम स्कीम ये है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ एंड जी जी ओके अब हम चलते हैं मेन या फिर हम समरी को पहले डिस्कस करते हैं The poet says that there can be no obstacle in the union of true lovers. लवर्स पोइट ये कह रहा है कि दो लवर्स के यून में कोई भी ऑबस्टेकल कोई भी रुकावट नहीं आ सकती ट्रू लव इज़ अन चेंजिंग इट नवर चेंजेस वैन देयर इज़ अ चांस ऑफ चेंज शेक्सपियर ने कहा है कि जो ट्रू लव होता है वो कभी चेंज नहीं होता और ना ही वो चेंज हो जाता है जब भी हमारे पास हालात बदलते हैं या फिर चेंजेज आती हैं लव इज़ स्टेट फास्ट एंड फिक्स एंड इज़ नेवर लव जो हमारे पास है वो स्टेड फास्ट है फिक्सड है और कभी बदलता नहीं है ट्रू लव इज़ परमानेंट एंड फिक्स लाइक द सन एंड पोलर स्टार इन द यूनिवर्स शेक्सपियर ने यहाँ पे कंपेयर किया था ट्रू लव को सन के साथ और पोलर स्टार के साथ कि जैसे सन और पोलर स्टार फिक्स हैं हमारे यूनिवर्स में इसी तरह एक ट्रू लव भी परमानेंट और फिक्स रहता है लव गाइड लवर्स एज पोलर स्टार गाइड द वॉन्डरिंग शिप्स इन ओशन के प्यार भी दो लवर्स को इसी तरह गाइड करता है जैसे कि एक पोलर स्टार एक वॉन्डरिंग शिप्स को एक समंदर में यानी जो बटके हुए शिप्स होते हैं उनको समंदर में गाइड करता है इसी तरह अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर टाइम इज़ यूनिवर्सल डिस्ट्रॉय विच डिस्ट्रॉय एवरी थिंग बट इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन ट्रू लव शेक्सपियर ने कहा है कि जो टाइम है वो यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर है यानी वो यानी वो हर एक चीज़ की फिज़िकल ब्यूटी को ख़त्म कर देती हैं लेकिन जो ट्रू लव है इस पे टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं है टाइम डिस्ट्रॉयज़ द फिज़िकल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन ये एक पर्सन की फिजिकल ब्यूटी को ख़त्म कर देती है इट कैन फिनिश द रोज़ी लिप्स एंड चीक्स ऑफ अ लेडी ये एक लेडी के रोजी लिप्स और उसके चीक्स को तो ख़त्म कर सकती हैं बट ट्रू लव डज़ नाट कम इन द रेंज ऑफ टाइम सिकल लेकिन जो ट्रू लव है वो वक्त के घेरे में वक्त के शिकंजे में कभी भी नहीं आ सकता इन देंड द पॉइंट मेक्स अ क्लेम आखिर में शेक्सपियर uh, ने क्लेम किया he asserts that if anybody can prove him wrong, अगर कोई भी उसको गलत साबित कर सके ही will admit that he is neither a poet nor has anybody बडी in this world. अगर कोई उसको गलत साबित कर सके तो पोइट ये कह रहा है कि मैं कभी भी अपने आप को पोइट नहीं कहूंगा और ना ही आज तक किसी ने किसी को प्यार किया होगा अब डिस्कस करते हैं मेन थीम्स को कि इस सोनेट के मेजर थीम्स क्या हैं सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ ट्रू लव आपने देखा होगा कि इस पूरे सोनेट में शेक्सपियर ने बार बार ट्रू लव को डिफ़ाइन किया है कि ट्रू लव है क्या उन्होंने कहा कि ट्रू लव कभी चेंज नहीं होता हालात बदलते जाते हैं बेशक तबाही आ जाए तूफान आ जाए कुछ भी हो जाए वक्त के साथ साथ हमारा प्यार कभी भी न चेंज होगा न ख़त्म होगा वक्त बाकी चीज़ों को तो ख़त्म कर सकता है लेकिन हमारे प्यार को नहीं और इसी के साथ लव वर्सिस टाइम के भी हमने देखा के टाइम हर एक चीज़ को ख़त्म कर देती है लेकिन इस पे इसका असर जो होता है वो लव पे कभी भी नहीं पड़ता चूँकि लव जो है वो टाइम के आ, रेंज से बाहर है लव एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस फिर हमने देखा कि लव को इन्होंने सन के साथ और पोलर स्टार के साथ कंपेयर किया कि लव जो है ये दो लवर्स को हमेशा गाइड करती है उसकी लाइफ में और उनको रास्ता दिखाती है कि वो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें इमोटेलिटी ऑफ लव कि जैसे पॉइंट ने कहा कि बेशक सारी दुनिया ख़त्म हो जाए सब कुछ तबाह हो जाए तूफान आ जाए बर्बादी आ जाए प्यार कभी भी, भी ख़त्म नहीं होता और ये एक इटरनल है ये फिक्स है ये अनचेंजिंग है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा तो इस तरह ये भी एक मेजर थीम है इस सोनेट का इमोटेलिटी ऑफ लव जो कि शेक्सपियर ने कोशिश की है कि कन्वे करें अपनी इस के थ्रू तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर अगर आपको आज का लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हौसला मिलता है ये सोनेट ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे हौसला मिले ताकि मैं अपनी नॉलेज और भी आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर कर सकूं इन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कन्सेप्ट के साथ हाज़र होंगे तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़